नमस्कार दोस्तों फिर से एक बार स्वागत है आपका ज्ञान भरी वीडियो में आज बात करेंगे संत मीराबाई की कृष्ण भक्ति में लीन मीराबाई का जीवन बहुत ही संघर्षों भरा रहा क्योंकि समाज और उनके परिवार वाले उनके इस कृष्ण भक्ति के विरोधी थे तो चलो जानते हैं मीराबाई का परिचय मीराबाई का जन्म मारवाड़ के कुकी नामक गाँव में हुआ था लगभग चौदह में एक राज परिवार में हुआ था उनके पिता का नाम रतन सिंह राठौर जो मेहता के शासक थे वह एक वीर योद्धा भी थे मेरा अपने माता पिता की एकलौती संतान थी उनके पिता रतन सिंह का अधिक समय युद्ध में व्यतीत होता था जब मेरा छोटी थी तब उनकी माता का देहंत हो गया था उनका लालन पालन उनके दादा दूदाजी के देखरेख में हुआ था जो एक योद्धा होने के साथ साथ भगवान विष्णु के बड़े उपासक और भक्ति भाव से बहुत पोतप्रोत थे एक दिन राजमहल के सामने से एक बारात निकली मीरा जब छोटी थी दूल्हा बहुत ही आकर्षक वस्त्र पहना हुआ था मीरा ने उसे देखा तो वह आकर्षित हो गई और अपने दादाजी से कहा कि मुझे भी एक ऐसा दूल्हा ला दीजिए मैं उसके साथ खेलूंगी मगर बालिका मीरा को दूल्हे के बारे में कुछ पता नहीं था मीरा बाई के दादाजी ने श्रीकृष्ण की एक मूर्ति लाकर मीरा को देते हुए कहा देखो यही तुम्हारा दूल्हा है इसकी अच्छी तरह से देखभाल करना और मीरा को जो चाहिए था वह उसे मिल गया मीरा बड़ी प्रसन्न होकर उसे स्वीकार कर लिया वह उस मूर्ति के साथ हमेशा खेलती रहती थी और उसे ऐसा व्यवहार करती थी मानो श्रीकृष्ण ही उनके पति हो एक कहानी के अनुसार मेरा बाई के दादाजी साधु संतों का बहुत ही सम्मान करते थे उनके महल में हमेशा कोई न कोई साधु संत आते थे एक बार रहीदास नामक एक साधु संन्यासी महल में आया रहीदास संत रामानंद के शिष्यों में से एक प्रमुख थे जिन्होंने उत्तर भारत में वैष्णव संप्रदाय का प्रचार किया था उनके पास कृष्ण की एक सुंदर मूर्ति थी वह उस मूर्ति की स्वयं पूजा करते थे मेरा भाई ने उस मूर्ति को देखा और उसे मांगने लगी वह साधु कुछ देर पश्चात महल से चले गए मगर मेरा उस मूर्ति के लिए हट करती रही यहां तक कि उसने खाना पीना भी छोड़ दिया परंतु अगले दिन सुबह रहीदास वापस राजमहल में लौट आए और उन्हें उन्होंने कृष्ण की मूर्ति मीरा को दे दी रहीदास ने कहा कि पिछली रात कृष्ण मेरे सपने में आए और कहने लगे मेरी परम भक्त मेरे लिए रो रही हैं। जाओ उसे यह मूर्ति देकर आओ रहीदास ने कहा कि मेरे स्वामी की आज्ञा है पालन करने आया हूं यह मूर्ति मीरा को देने आया हूं मीरा एक बहुत ही बड़े कृष्ण भक्त है कुछ विद्वानों का मत है कि यह कहानी केवल कल्पना नहीं है यह एक परम सत्य है मेरा अपने भजनों में कहा है कि मेरा ध्यान हरि की ओर है और मैं हरि के साथ एक रूप हो गई हूँ मैं अपना मार्ग स्पष्ट देख रही हूँ मेरे गुरु रविदास ने मुझे गुरु मंत्र दिया है हरि हरिना मेरे हृदय में बहुत ही गहराई तक अपना स्थान जमा लिया है मीराबाई का वंश और घर के बारे में जानते हैं मीराबाई जोधपुर के राठौर वंश से थी और मेवाड़ के शीशोदया वंश में महाराणा सांगा के कंवर बोझ के साथ उनका विवाह हुआ था तो चलो दोस्तों आज का वीडियो यहीं तक वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करो लाइक करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो धन्यवाद